बाकी के रुपए कहाँ हैं कृष्णा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ चिल्ला मत। मा माँ माँ शक्ति अरे तू जा रही